आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये बड़ा 420 है तो ये 420 शब्द आया बीस से? दरअसल कहा शब्द आया है आई पी 420 से, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी करता है तो उस पर आई पी सी सेक्शन फोर के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है इसके लिए सात साल की सजा का प्रावधान भी है और ये सजा बेलेबल है लेकिन कई बार डिपेंड होता है की कि घोटाला कितना बड़ा है ऐसी और जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दखल ली